तो आपका पुनः स्वागत है यह दोनों टेबलें टेबल एक और टेबल दो देखने के बाद और टेबल एक और टेबल दो से संबंधित मूल आधार प्रेशर और टेम्परेचर समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और स्थायी प्रेशर पर फेज बदलाव प्रक्रिया देखते हैं इसके साथ हम दो फेजों को संतुलन में देख पाएंगे लिक्विड और वेपर संतुलन में उसी समय पर हम देखेंगे कि स्टीम टेबल से गुड़ कैसे पढ़े जाते हैं अब तक हमने स्टीम टेबल के दो कॉलम को देखा है पर अब हम देखते हैं कि स्टीम टेबल से अलग अलग गुणों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है तो हम हमारे दो डायमेंशनल फेज डायग्राम पर फिर से जाते हैं प्रेशर टेंपरेचर डायग्राम और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम अब हम इस पर स्थायी प्रक्रिया दिखाते हैं तो अगर प्रेशर y एक्सिस पर हो कभी भी स्थाई प्रेशर प्रक्रिया इस डायग्राम पर एक सीधी रेखा की तरह लगेगा तो स्थाई प्रेशर पे फेस चेंज ऐसा दिखेगा और मैं समझने हेतु दिखा रहा हूं कि यह प्रेशर 0.10142 प्वाइंट मेगापिक्सल है जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है और इसी कारण यहां पानी उबलता है और यहां मैं एल से वी रीजन में जाऊंगा और इसी कारण एल वी सेचुरेशन रेखा चर्चा में आती है तो मैं किसी एल रीजन से जाऊंगा, कोई पॉइंट यहां से संबंधित टेंपरेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा और फिर मैं उसे गर्म करना चालू करूंगा और टेंपरेचर बढ़ेगा और मैं वेपर रीजन में पहुंच जाऊंगा या गैस रीजन में जो कि इस पर निर्भर है कि मुझे क्या टेम्परेचर चाहिए जब मैं वाटर और वेपर को गर्म करता हूँ इसी तरह से अगर मैं यह पी वी डाइग्राम पर दिखाऊं, मुझे एक सीधी रेखा मिलती है पर जब मैं लिक्विड से वेपर की ओर बढ़ता हूं, मैं एक दो फेज़ रीजन पार करता हूं, या इस गुंबद से गुजरता हूं, और इस गुम्बज में एक लिक्विड प्लस वेपर दो फेज़ मिश्रण हैं तो ठीक है हम एक प्रोसेस की फिल्म दिखाते हैं जहाँ हम पानी को गर्मी प्रदान करते हैं और देखते हैं पानी को क्या होता है तो आप यहाँ पर टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम देखते हैं क्योंकि जब प्रेशर स्थाई है तो टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम पर दिखाना आसान है तो यहाँ प्रेशर 0.10142 पॉइंट है और यह टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0.10142 पॉइंट प्रेशर पर पानी का बॉयलिंग पॉइंट है और यह मेरी प्रायोगिक व्यवस्था है आप देखेंगे यहाँ एक छोटा सा बीकर है और इसमें पानी है जो इस नीले माध्यम से दर्शाया गया है यहाँ यह पानी है और यहाँ उसे गर्म करने हेतु कुछ है कुछ गर्मी का साधन कुछ फ्लेम जो यहाँ आएगी और यहाँ पानी एक एटमॉस्फेयर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है हम जानते हैं कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पर पानी लिक्विड अवस्था में है और यह टेम्परेचर थर्मामीटर से नापा गया है और अब मैं क्या करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यह प्रक्रिया स्थाई प्रेशर पर चाहता हूं। मैंने यहां ऊपर कुछ पिस्टन जैसा रखा है और जब मैं इस लिक्विड को गर्मी प्रदान करूंगा, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा पर उस प्रेशर को स्थायी रखने हेतु मैं यहां वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा। तो जब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँगा मैं प्रेशर एक एटमॉस्फेयर पर स्थायी रखूँगा और मैं कहूँगा कि यह फेस बदलाव स्थायी प्रेशर पर हो रहा है पानी पर ऐसा पिस्टन होने के कारण मैं प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है अब मैं यह प्रयोग चालू करूंगा जो कि इस एनिमेशन द्वारा दर्शाया गया है और क्योंकि हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक एटमॉस्फेयर से शुरू करते हैं मैं इस रीजन से शुरुआत करूंगा, जो कि वास्तविकता में सब कोल्ड पानी रीजन में है ठीक है एक फेस सब कोल्ड पानी रीजन में तो आइए ये प्रयोग शुरू करें और देखें वी डायग्राम या टी डायग्राम पर क्या होता है उसी समय पर दाईं तरफ देखिए क्या हो रहा है जहाँ प्रयोग चल रहा है तो आप देख सकते हैं यह मेरा पॉइंट वन है जो कि शुरुआत की स्थिति है और मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया है यह एक फ्लेम है जो यहाँ आ रही है ठीक है अब आप देख सकते हैं यह पॉइंट दो पर पहुंचा है और यह स्थाई टेम्परेचर जो कि सौ डिग्री सेंटीग्रेड है पर फेज बदलाव है और हम देख सकते हैं कि यह पिस्टन ऊपर जा रहा ताकि समान प्रेशर रहे जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था अब पॉइंट चार पर पानी पूर्णतः वेपर रीजन में बदल चुका है और मैं इससे आगे जाता हूँ इसे 300 डिग्री तक गर्म करता हूँ ठीक है तो यह मेरा अंतिम पॉइंट है और जैसा इस डायग्राम में दर्शाया गया है यह थ्री डिग्री है तो मैंने क्या किया मैंने इस पानी जिसे पहले नीले रंग में दर्शाया गया था को गर्म किया है फिर सब कोल्ड लिक्विड से 100 डिग्री तक पानी को गर्म किया जो कि पानी को स्थाई प्रेशर पर गर्म करना था फिर पॉइंट दो पर फेज बदलाव शुरू हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जहां मेरे पास लिक्विड प्लस वेपर रीजन संतुलन में थे और यह प्वाइंट दो का सौ लिक्विड प्वाइंट चार पर सौ वेपर में बदल गया इस फेज़ बदलाव प्रक्रिया दो तीन चार के दौरान टेम्परेचर स्थायी रहा और अवश्य ही प्रेशर हमेशा स्थायी रखा गया और फिर अचानक पॉइंट चार पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा जो कि पॉइंट पाँच है और एक प्रक्रिया इस तरह दिखाता है जब मैं पानी गर्म करता हूं तो पानी गर्म स्थाई प्रेशर पर होता है तो स्थाई प्रेशर पर फेज़ बदलाव ऐसा दिखता है जैसे इस चित्र में और इस प्रयोग में दिखाया गया है अब मैं यहाँ आइसोथर्मल और आइसोबेरिक रेखाएं देख रहा हूँ हमने अभी टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम, यानी टीवी डायग्राम पर आइसोबेरिक रेखा देखी है और यह हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइसोबेरिक प्रक्रिया थी समान प्रक्रिया यहाँ पी डायग्राम पर दिखाया गया है जो कि एक सीधी रेखा है, है कि नहीं क्योंकि प्रेशर स्थाई है यह वन फेज़ रीजन से टू फेज़ रीजन जाता है और पुनः एक फेज़ रीजन में आता है अब आप एक और स्थायी प्रेशर देख सकते हैं अब अगर मैं प्रेशर कहिए एक एटमॉस्फेयर से दस एटमॉस्फेयर तक बढ़ाऊँ तो मैं देखता हूँ कि संबंधित एटमॉस्फेरिक प्रेशरों में वृद्धि कुछ उच्च पॉइंट तक बॉयलिंग पॉइंट में संबंधित और बदलाव आएगा स्थाई प्रेशर रेखाएँ टी डायग्राम पर ऐसे दिखेंगी और यहाँ आप जो देख रहे हैं वो है स्थाई टेंपरेचर रेखाएं। तो पीवी डायग्राम पर आइसोथर्मल रेखाएं ऐसी दिखेंगी हम देखते हैं टेंपरेचर स्थाई रहता है और यह रेखा ऐसे जाती है ठीक है आइसोथर्मल रेखाएं पीवी डायग्राम पर इस तरह दिखेंगी और आइसोबेरिक रेखा मैंने टीवी डायग्राम डाइग्राम पर दिखाई हैं धन्यवाद